डिंडोरी में नर्वदा नदी और उसकी सहायक नदियों से रेत का अवैध खनन हो रहा है रेत ठेकेदार के गुंडे बंदूक की नोक पर डरा थमका कर नदियों से रेत का अवैध कारोबार कर रहे हैं शासन प्रशासन द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है डिंडोरी में गाड़ा सराई करंजिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नदियों से रेत का अवैध का कारोबार लगातार जारी है आपको बता दें यहाँ पर शासन ने एक ही रेत खदान की स्वीकृति की है लेकिन रेत ठेकेदार के गुंडे जगह जगह पर बंदूक की नोक के दम पर रेत का अवैध कारोबार कर रहे हैं और साथ ही शासन को लाखों रुपए का चूना भी लगा रहे हैं ये गुंडे सिर्फ अवैध कारोबारी नहीं बल्कि वाहन चालकों को डरा धमकाकर उनसे पैसे भी वसूल रहे हैं वाहन चालकों ने बताया कि रेत ठेकेदार के गुंडे बंदूक दिखाकर वसूली कर रहे हैं इससे पहले भी यहाँ पर ऐसे मामले सामने आए हैं लेकिन शासन प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में नाकाम रहा है आपको बता दें गाड़े सरई क्षेत्र में नर्मदा नदी और सिवनी नदी है नर्मदा नदी के साथ साथ नर्मदा की सहायक नदियों से रेत माफिया लगातार रेत का अवैध खनन और परिवहन कर रहे हैं लगातार नदियों से रेत का अवैध खनन से संबंधित विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल किए जा रहे हैं अब देखना ये होगा कि विभाग रेत माफियाओं के ऊपर क्या कार्रवाई करता है मामला ये है की इनकी खदान मूसा मुंडी बने पाँच एकटर छः एक जो भी है ये दस किलोमीटर दूर से यहाँ कभी कभी निकल ठेकेदार के लोग यहाँ आते हैं गुंडागर्दी करते हैं इतना पैसा चाहिए उतना चीज रेखा लोग नहीं निकालेंगे देंगे लाल खादी में हाल है वही रेंंगी में हो गया रूसा बंजर में और ये बंदूक बंदूक दिखा के रात की रंगदारी करते हैं पैसा तो नहीं थाने ले जाएंगे नहीं तो कौन है दिखा देख देंगे, देंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये ठेकेदार लोग अवैध वसूली कर रहे हैं उनका ठेका मनसा मुंडी का है और ये सूनी नदी से लाल खाती रूसा बंजर सब जगह बैठ के गुंडागर्दी कर रहे हैं बंदूक दिखा के अवैध पैसा वसूली कर रहे हैं जी जो ठेकेदार जो है अवैध रेत की वसूली कर रहा है उसका जो एक, एक ही खदान स्वीकृत है वो है मूसा खदान पर वो लाल खाती हो गया रंगी हो गया रूसा बंजर हो गया तेली हो गया जहाँ तक कि सूनी नदी में भी थोड़ी बहुत जो रेत निकलती है वहाँ भी अपने गुंडों को बैठा रखा है